नमस्कार दोस्तों अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको वर्ड का आना बहुत ही ज़रूरी है वर्ड एक एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बनाया है तो हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्ड कैसे काम करेगा वो आपको सिखाएंगे चलिए एमएस ऑफिस जो है हमारे में इंस्टॉल्ड है तो हम उसको मेनू के से निकाल लेते हैं सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 यहां दिख रहा है अगर यहाँ नहीं भी दिखता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वो आप ऊपर आ जाएगा अब इसकी सहायता से आप उसको ओपन कर लीजिए जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको पहले स्क्रीन में ये शो करेगा तो आज हम बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो फर्स्ट स्क्रीन जो दिखता है जिसमें होम बटन इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग, रिव्यू व्यू ये छः सात मेनू हैं और सभी मेनू के अंदर ऑप्शंस हैं जिसके जरिए हम उसमें वर्ड में काम करते हैं तो आज हम सीखेंगे जो होम बटन का है एमएस ऑफिस में होम बटन का क्या उपयोग है अगर पूरा बताता हूँ तो वीडियो बहुत लब, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम होम बटन के बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले जब भी आप कोई एमएस वर्ड ऑफिस में इसमें अगर आपको कुछ करना है तो आप कुछ टाइप करोगे टाइप आप कीबोर्ड की, की सहायता से ए बी सी डी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो जैसे मैं कुछ भी एक छोटा सा लिख देता हूं हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज पंकज कुमार नाउ इट्स ओके तो ये आपने कोई भी आपने टाइप कर दिया वर्ड में वर्ड में टाइप करने के बाद आप इसको सही ढंग से पेस्ट मतलब सही ढंग से इसका इस्तेमाल करना है कैसे करना है बड़ा करना है छोटा करना है वो आप उसके बारे में आप ध्यान से देखिए पहले हम इस बटन के बारे में बताते हैं बटन के बारे में बताने के बाद जब आप पूरे बटन के बारे में सीख जाओगे तो आपको हम लेटर टाइप कैसे करना है वो सही तरीके से आपको बताएँगे तो सबसे पहले जब आप कोई जैसे अब इसमें कट कॉपी पेस्ट है ये अनहाईलाइटेड तो हाईलाइटेड करने के लिए निश्चित ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा तो सबसे पहले जैसे आप इस सब को सेलेक्ट करते हो सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे गौर से देखिए दो तीन बटन हाईलाइटेड हो गया अब ये पेस्ट बटन हाईलाइटेड नहीं है तो इसका भी कुछ ना कुछ फंक्शंस है तब वो भी हाईलाइटेड हो जाएगा तो सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का सहारा ले सकते हैं माउस का माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर माउस से सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप कीबोर्ड से स्विफ्ट बटन दबाएं और एरो की का दाहिने तरफ का आप उसको लगातार प्रेस करें तो वो स्क्रॉल होते हुए आगे जाएगा जिससे वो आपको सेलेक्ट हो जाएगा आप उसको सहायता से भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो जैसे ही आप इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं तो ये हाईलाइटेड हो जाता है ये कट कॉपी क्या है चलिए देखते हैं कट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे जैसे क्लिक करने से पहले ध्यान रहे कि सिलेक्ट होना जरूरी है जैसे ही आप कट पर क्लिक करते हो वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाता है हटने का मतलब ये नहीं कि वो मिट गया हटा जरूर है लेकिन साथ में आपके माउस में वो आ गया है आपके कीबोर्ड में वो आ गया है कैसे पता चलेगा जैसे आपने कट किया तो ये देखे अब ये पेस्ट बटन का हाईलाइटेड हो गया ध्यान रहे कि जब भी आपका कोई भी बटन हाईलाइटेड या माउस वहां पे ले जाइएगा तो उसका एक शॉर्टकट की दिखेगा जैसे यहाँ पे कंट्रोल भी रहा, दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल और प्लस वी यानी कंट्रोल और वी दोनों एक साथ प्रेस करने से आपका जो आपने कट किया है वो वापस पेस्ट हो जाएगा पेस्ट मतलब होता है चिपक जाएगा तो ये पे, अब जितनी बार आप उसको कंट्रोल वी दबाते जाओगे तो वो पेस्ट हो जाएगा मैंने लिखा एक ही बार था लेकिन वो कंटिन्यू पेस्ट हो जाएगा इससे आपका जो लिखने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा एक ही चीज को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आप उसको कॉपी करके या कट करके पेस्ट कर सकते हो तो पहला आपने देखा कि हमने उसको कट किया और पेस्ट किया चलिए अब दूसरा हम इसको इसको इन्स, इन्स पूरे को कॉपी कर लेते हैं यानी इसका इस्तेमाल के लिए आप कॉपी कर लिए जैसे यहाँ पे माउस ले जाते हैं तो कंट्रोल सी भी दिखा रहा है इसका मतलब कीबोर्ड की, की सहायता से भी कंट्रोल सी दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाएगा कॉपी होने के बाद उसको कहाँ जहाँ पे आपको पेस्ट करना है आप उसको पेस्ट कर सकते हो चलिए इसके नीचे हम करते हैं तब आपको समझ में आएगा यहाँ देखिए पेस्ट कर दिया हमने तो कंट्रोल वी से कहने का मतलब कंट्रोल यहाँ पे जब आप माउस ले जाओगे तो कंट्रोल एक्स से कट होगा कंट्रोल सी से कॉपी होगा और कंट्रोल भी से पेस्ट होगा ये आसानी से हम समझ गए चलिए आगे चलते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है अब जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा ये फॉन्ट जो है ये फॉन्ट आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कोई भी काम करने के लिए तो सबसे पहले जैसे अभी ये जो लिखा हुआ है इसको किस फॉन्ट में लिखना है आपको ये अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो पसंद इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से क्लिक करने के बाद इसमें बहुत तरह के आपको फॉन्ट दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस की तरफ से आप इसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लें सेलेक्ट कर लिया आपने और ये जो है ये साइज ऑफ फॉन्ट जैसे इस पर किसी एक पर क्लिक करते हो तो आपका फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा जितना आपको साइज चाहिए उतना आप उसके साइज को ले सकते हो चलिए इसकी हाँ लेकिन ध्यान रहे दोस्त कि आपको किसी भी चीज को कुछ भी करने के लिए उसको सेलेक्ट होना जरूरी है आप माउस की सहायता से भी सेलेक्ट कर सकते हो लेफ्ट से राइट से जैसे आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको अगर केवल इतना का चेंज करना तो इतना का सिलेक्ट कर लो इतना का करना है तो इतना का कर लो का करना है तो ये कर लो केवल मेरे नाम पंकज कुमार का नाम को करना है सिलेक्ट तो उसको कर लो या पूरे पूरे वर्ड को करना है तो आप पूरे वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो तो चलिए हमने वर्ड को सिलेक्ट कर दिया आप इससे बड़ा तो छोटा कर ही सकते हो साथ में इससे भी बड़ा छोटा कर सकते हो ध्यान रहे कि जिस किसी पे भी आप जैसे माउस को ले जाओगे तो उसका एक शॉर्टकट कमांड भी लिख के आएगा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारा की भी दे दूंगा जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो जाएगा अब ये ए, बड़ा लिख दिख रहा है इसका मतलब ये बड़ा होगा जैसे जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो लिखा हुआ सिलेक्ट हो रखा था वो बड़ा होगा अब इससे वो सेम चीज वो छोटा होगा एक से बड़ा कर सकते हो दूसरे से आप छोटा कर सकते हो ठीक अब ये इसका मत अब ये इस ऑप्शन पे आते हैं तो ये कहता बोल्ड होगा बोल्ड मतलब कि जो लिखा हुआ जो आपने लिखा है हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज पंकज हुआ तो ये बोल्ड मतलब होगा कि थोड़ा सा दिखने में मोटा दिखेगा चलिए क्लिक करके देखते हैं क्लिक किया ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया ये जो बगल में इटैलिक ये इसका इसको हम इटैलिक बोलते हैं अच्छा इसका नाम मैं क्यों जानता हूँ कि जैसे ही माउस को हम वहां पर क्लिक कर ले जाते हैं तो उसके नीचे उसका नाम लिख के आता है कि आखिर चीज है क्या तो आप इस पे क्लिक करोगे तो इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा अब ये है अंडरलाइन अगर कोई हेडिंग लिखते हो तो पेज के ऊपर अगर हैडिंग लिखते हो तो आपको अंडरलाइन करके आप उसको हैडिंग में रख सकते हो ये आपको हैडिंग दिखाएगा अच्छा ये क्या है ये स्ट्रिक थ्रू है ये आपको मिडिल से उसको काट देगा अगर इसको हम अंडरलाइन को हटाते हैं और ये मिडिल से काट दिया यानी कोई ऐसा चीज़ है कोई ऐसा लेटर है कोई ऐसा वर्ड है जो गलत हो गया है और उसको रहने भी देना है कहने का मतलब ये कि फ्रेंड्स का नाम स्पेलिंग गलत हो गया है लेकिन आप नहीं चाहते कि ये डिलीट हो हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज पंकज कुमार ये हाईलाइटेड भी रहना चाहिए तो फ्रेंड्स को हम सेलेक्ट करके और इसको स्ट्रिक थ्रू कर दिए ये ए, ए, एक तरह से कट गया वो वो जब भी आप किसी को शो करोगे तो वो ऑटोमेटिक वो प्रिंट जब होगा तो वो कटा हुआ हो प्रिंट होगा ठीक तो ये स्ट्रिक थ्रू है हम वापस इसको क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक बोल्ड को हटाया ठीक तो ये इतना का मैंने बताया अब ये एक्स टू है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट ये इन दोनों का मतलब क्या है कि जैसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए भी एक तरह का फॉर्मूला होता है और साइंस की बात करें तो एस टू ओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह लिखते हो H2O जल लिखते हो तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं H2O H2O H2O तो हमने लिख दिया अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो चलिए H2O हमने लिख दिया लेकिन क्या ये H2O सही लिखा हुआ है नहीं टू जो है नीचे होना चाहिए था तब जाके ये एच सही हुआ तो टू को सिलेक्ट करके और जो नीचे वाला है जो हमको नीचे करना है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको ले लीजिए फ्रेंड्स देखिए तो आपको S2 सही सही सही मायने में सही लिखा नेक्स्ट आप देख लीजिए A A square, A, square, uh, plus 2 A B, plus B square. हमने ये लिखा है इसको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए हमने ये लिखा है लेकिन क्या ये सही लिखा हुआ स्क्वायर टू पर होना चाहिए था तो दो को सेलेक्ट कर सुपर स्क्रिप्ट को आप क्लिक कर दीजिए तो ये जो दो है ऊपर चला जाएगा और जैसे ही दो है जो ऊपर चला जाएगा तो ये सही मायने में ये सही लिखा गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी अगर इस तरह का लेटर इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करना है आपको एमएस ऑफिस के वर्ड सेक्शन में तो आप सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक ये आपको मैंने बता दिया अब हेलो फ्रेंड्स चले केवल हेलो को सिलेक्ट करता हूँ तब आपको बारीकी से समझ में ये तो आप मैंने यहां तक आपको बता दिया अब इस फॉन्ट का सेंटेंस केस लोअर अपर कैपिटलाइज टे क्लिक करने से पहले हाँ अगर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हो तो में लेकिन ये जो ट्रेंगल दिख रहा है ट्रेंगल पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये आपको इसके बारे में वो पूरा दिखाएगा तो पहला दिखा रहा है सेंटेंस केस सेंटेंस केस मींस ये होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल होता है जैसा इसमें सेंटेंस में दिखाया गया अगर इस पर क्लिक करते तो ऑलरेडी यह सेंटेंस में है यानी पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा अब ये लोअर केस में है जैसे पर क्लिक कर दोगे तो, तो सभी जो लेटर्स हैं वो है स्मॉल में हो जाएंगे, जाएंगे। चौथा जो है, वर्ड। अब ये बोलता है इच वर्ड ये तो एक ही वर्ड है ऑलरेडी ये पहला कैपिटल है देखिये पहला कैपिटल हो गया इस पर क्लिक करने से लेकिन अगर मैं पूरे वर्ड को सिलेक्ट करू सेंटेंस को सिलेक्ट करूँ तो अब ये कैपिटलाइज इच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज़ वर्ड। केस है, तो हर वर्ड का पहला लेटर छोटा हो जाएगा और बाकी जो आप ध्यान से देखोगे तो बड़ा हो जाएगा लेकिन जनरली इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं सबसे ज्यादा आपको सेंटेंस केस और आपका थोड़ा जरूरत पड़ सकता है कैपिटलाइज इच वर्ड का भी जरूरत पड़ सकता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते तो आपको ये हो गया अब यह आपको टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर है कहने का मतलब ये है कि, कि किसी भी मतलब इतना आपको लिखा हुआ है इसमें किसी एक यहाँ आपको हाइलाइटर किस तरह इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट करना अब यहाँ से कौन सा कलर में आपको हाईलाइटर करना वो कलर ले लीजिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए एक तरह से ये हाइलाइटर का काम करेगा अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वापस सेलेक्ट करके और इस पर जाके नो कलर पर क्लिक कर दीजिए वो क्लोज हो जाएगा डिल्ट हो जाएगा अब ये जो वर्ड है ये वर्ड है वर्ड को आपको कलर चेंज करना है अब कलर चेंज कैसे करेंगे तो कलर चेंज करने के लिए ये एक तरह का फॉन्ट है फॉन्ट तो हमने यहाँ से चेंज किया था अब ये फ़ॉन्ट का कलर हम यहाँ से चूज करेंगे इसमें से आपको जो अच्छा कलर लगता है वो जैसे मैंने रेड ले लिया रेड ले लिया रेड में भी थोड़ा सा कम लेना है जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले लो जैसे आप ले ले लेते हो तो आप इस रेड कलर को काम में ला सकते इतना कलर तो बाईडिफॉल्ट दिया हुआ है इसके अलावा और भी आपको कलर चाहिए तो कलर को साइड मतलब क्लिक करके ऐसे खींच भी सकते हो इसको साइड में कर दीजिए अब इसमें से जो आपको कलर अच्छा लगता है जैसे मान लो मुझे ये ग्रीन कलर अच्छा लगा ओके okay कर दिया हमने तो वो ग्रीन हो जाएगा जैसे ही हटाएगा हाईलाइटेड खत्म करेंगे तो वो ग्रीन कलर में हमें शो करेगा दोस्तों ये पूरा फ़ॉन्ट के बारे में मैंने बताया क्लिक बोर्ड के अंदर जो भी था कट कॉपी पेस्ट के बारे में बताया उम्मीद करूँगा कि आप इसको ध्यान से समझेंगे आगे हम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करते हैं अब आप कोई लेटर लिखते हो कुछ भी आप लिख रहे हो तो सबको आप एक बुलेट देना चाहते हो तो बुलेट में आप क्या देना चाहते हो ये तो छोटा है मैं इसकी इसमें करता हूं तो जल्दी से समझ में आएगा जितना मैं बुलेट देना है उतना मैं सिलेक्ट कर लीजिए और आप एक बुलेट देख लीजिए बुलेट दिया तो मैंने यहां पे स्क्रीन पे ये बुलेट में फॉर्म में आ गया जो बुलेट आपको अच्छा लगता है वो बुलेट आप दे सकते हो इसके अलावा कुछ नया बुलेट भी आप दे सकते हो चलिए हम ये दे लेते तो एक तरह का ये बुलेट हो गया बुलेट आपको जो अच्छा लगता है वो आप दे लो इससे क्या होगा नंबरिंग सिस्टम में भी आसानी आपको करना है कि नहीं मुझे बुलेट नहीं मुझे अंक तो में, में भी है इसके अलावा जैसे मैंने वन टू थ्री दे दिया तो इससे ये क्या होगा कि आपका तो एक बुलेट फॉर्म के रूप में नौ नंबर तक भी हो गया दूसरा ये भी आपको पता चल कि हमने नौ लाइन को सिलेक्ट किया था और नौ लाइन हमने लिखा है ठीक अब आपको इसका कोई ख़ास काम दोस्तों नहीं है आपको तो इसलिए मैं इस छोड़ देता हूं आपको ये इम्पोर्टेंट है तो ये अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको लेफ्ट टू राइट लिखेगा यानी जैसे अब मान लो कि ये टोटल इक्वल में है यानी ये जो आपका है जब आप इसको पैराग्राफ करते हो टेक्स्ट इसको मतलब आपको बाएँ से दाहिने करेगा जब इसको कलेक्ट करोगे तो आपके पेज के मिडिल में आ जाएगा और इसको जब आप क्लिक करोगे तो पेज के दाहिने तरफ से जाएगा और इसको करोगे तो ये बाया तरफ आया जरूर है लेकिन ये बाया तरफ है नहीं ये एक जस्टिफिकेशन है कि आपको लेफ्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर एकदम बराबर रहेगा ये बराबर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि चलिए हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं ओके अब इतना में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं इसको इसको बाकी को हटा देते हैं दोस्तों इसको हटा देते हैं अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ये जस्टिफिकेशन क्या है चलिए पहले इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं ये भी हटा देते हैं पूरे को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट एलाइजमेंट करते हैं जैसे आप लेफ्ट एलाइजमेंट पर क्लिक करते हो तो ये बाहित बाह तरफ का जो है एकदम इक्वल है लेकिन दाहिने तरफ का एकदम इक्वल नहीं है यही लेफ्ट एलाइजमेंट और जस्टिफिकेशन में अंतर आएगा राइट right वाला में करेंगे तो राइट right साइड में बराबर आएगा लेकिन लेफ्ट में बराबर नहीं आएगा मिडिल में करेंगे तो मिडिल में ठीक रहेगा लेकिन दोनों तरफ का ठीक नहीं रहेगा मिडिल में जैसे आप कोई पोएम वगैरह लिखते हो तो आप इसका, इसका समान कर सकते हैं लेकिन जस्टिफिकेशन करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट मतलब बाया और दाएं तरफ एकदम बराबर रहेगा क्लियर रहेगा तो आप इसके इससे आप तो जनरली जब भी आप कोई वर्ड कहानी या पैराग्राफ वगैरह टाइप करते हैं लिखते हैं है, तो आप ये जस्टिफिकेशन में करके वो कर सकते हैं उसके अलावा इसका एक थोड़ा छोटा सा लाइन स्पेसिंग मतलब एक लाइन पहले लाइन और दूसरे लाइन के बीच में गैप कितना रहेगा तो जैसे यहां इंचेज हैं, या आप कर तो इसको हम करते हैं तो और क्लोज हो जाएगा अगर आप इसको ज्यादा करोगे तो और ये बड़ा हो जाएगा जितना आप जबड़ा चाहते हो जितना आप कम चाहते हो अपने हिसाब से करके उसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हो इसको मैंने आपको फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा करने के लिए पहले बता दिया था ये आपको इतना काम करना अब इसमें इसमें सेडिंग है इसको जितना को आप सेलेक्ट करके अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो जैसे मैंने इसको पीला कलर से इतना हाईलाइट जस्ट लाइक like इसका काम है दोस्तों ये कलर का काम है ये हाईलाइटर और शेडिंग करीब करीब दोनों बराबर तो आप इतना जान इतना कर सकते पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए आप स्टाइल में चलते हैं ये एक तरह का फॉन्ट है और पेज का स्टाइल है कहने का मतलब एक मैं मोटा मोटी आपको बताता हूँ जब आप इस पर क्लिक करते हो तो जैसा इस स्क्रीन में दिख रहा है जैसा इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है उसका जो लिखने का तरीका जैसा दिख रहा है उस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो उसी टाइप का ये हो जाएगा जैसे ये देखिए दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया तो जैसे साइडो में दिख रहा है जैसे ऊपर दिख रहा है वैसा ही हो जाए अगर इसमें से कोई डिजाइन आपको पसंद है तो आप इसमें से कोई एक डिजाइन को लेके इस्तेमाल कर सकते हो जनरली आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो ये पहले वाला ही काम होता है नॉर्मल पे काम होता है अगर उसमें एडिटिंग करना है तो आप इसमें से किसी से आप खुद एडिटिंग करिए आप उसको बनाइए टेक्स्ट नॉर्मल जितना आपको तरह का बनाना है वो आप उसको बना सकते हैं इसके अलावा अगर इसमें कलर वगैरह आपको चेंज करना ये स्टाइल का ही हिस्सा है स्टाइल का हिस्सा है स्टाइल टेस्ट में अगर कोई आपको कोई दे, ध्यान से देखते जाइए मैं किसी एक क्लिक करता हूँ तो उसका फॉन्ट का जो लुक है डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा अगर मुझे कुछ नया क्रिएट करके देना है ऑफिसर्स को या आप ऐसा काम करते हो तो नया कुछ बना के देना तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो इसमें अच्छा कोई कलर आपको इसमें से चाहिए तो आप कलर का डिजाइन आप ले सकते हो लेकिन आपको ध्यान रहे कि वो सिलेक्ट हमेशा होना चाहिए जब आई ये काम करेगा बिना सिलेक्ट का कोई काम नहीं करेगा तो आप इसमें से किसी एक को लेके आप उसको इसका इस्तेमाल कर सकते हो फॉन्ट है तो फॉन्ट भी सेम वैसे ही चेंज होगा आपको जो पसंद है आप उसका फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं जनरली ऑफिस वर्क में जो काम होता है जनरली दोस्तों ये टाइम्स न्यू रोमन में होता है और यही ये या तो टाइम्स न्यू रोमन में लोग करते हैं या तो कैलिबरी में कोई कुछ लोग करते हैं कुछ लोग एरियल में भी करते हैं तो जनरली ये काम होता है हिंदी में मंगल का फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हम हिंदी में कुछ ये कृति इस्तेमाल करते हैं यहाँ जब क्लिक करोगे तो कृति देवी जाएगा तो जनरली आपको जो अच्छा लगता है वो स्पॉन्ड को सिलेक्ट पहले नीचे जरूर सेलेक्ट करेगा तभी वो चेंज होगा ऐसे में अगर इसमें कुछ भी कर दूँ तो कुछ नहीं होने वाला यानी जब भी आपको कुछ करना है तो पूरे को सिलेक्ट करना है चलिए पहले मैं सेटिंग को हटा देता हूँ नो कर देता हूँ ऐसे जहाँ से भी है ये हट जाएगा सलेक्ट जरूर करना है दोस्तों तभी वो हटे पाएगा अदरवाइज वो नहीं हटेगा यानी है क्या ये साइडिंग है नो कर ले कर देंगे तो वो हट जाएगा ओके सेलेक्ट हम वापस इसको कर लिए ये हो गया अब इसमें अब ये लास्ट ऑप्शन जो एडिटिंग का है फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट सेलेक्ट का तो यही है दोस्तों जो मैं जब कर रहा हूँ सेम यही है इसमें दिया गया है कि कैसे सिलेक्ट करना है अगर इसको मैं हटा देता हूँ पहले देखिए सेलेक्ट नहीं है अभी सेलेक्ट पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करें तो वही सेलेक्ट हो गया यानी जो मैं कर रहा हूँ वही है वही वही आपको दिख रहा है हम माउस से बता रहे हैं और यहाँ उन्होंने दिया है फाइन रिप्लेस का कुछ खास वर्क है जैसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके और पूरे पेज को अगर भर दूँ तो ज्यादा समझ में आएगा अभी फर्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं फर्स्ट पेज पे हम चले गए और फर्स्ट पेज पे जाने के बाद अब ये मैं एक बात बोलू जहां पंकज लिखा हुआ है, ध्यान से दोस्तों, जहां जहां लिखा हुआ, तो हुआ है वो मुझे मिले तो फाइंड पे क्लिक करेंगे फाइन बटन पर क्लिक करने के बाद फाइन पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आता है बॉक्स पे जाएंगे बॉक्स को साइड में आप ऊपर रख लो कहीं भी रख लो अब इस फाइंड बटन जो है इसमें पंकज लिख लीजिए वो स्पेलिंग और नीचे जो पंकज लिखा वो स्पेलिंग मैच करना चाहिए ऐसा नहीं कि गलत हो और फाइंड पे हम क्लिक करेंगे इतना पंकज है यहाँ रिप्लेस है दोस्तों ये रिप्लेस इसके अंदर भी है और फाइंड के बाहर जो गोटू है ये भी इसके अंदर है यानी इसमें जो जितने ऑप्शन है इस बॉक्स को एक बार खुलने के बाद वो सारा दिखेगा ठीक है तो ये दिखेगा तो मैं तीनों इसी में बता देता हूँ किरण होना चाहिए, चाहिए, चाहिए सोनू होना चाहिए कुछ भी होना चाहिए तो चलिए अब ये फाइंड का तो आपने समझ गया अब इस रिप्लेस बटन को क्लिक करते हैं पंकज के स्थान पर आपको क्या होना चाहिए पहले तो आप लिखिए पंकजे पंकज ओके अब इसके जगह तो क्या होना चाहिए तो मैं जैसे मान लो लिख देता हूँ मैंने मोनू मोनू होना चाहिए पंकज की जगह पे माय नेम इज मोनू होना चाहिए ओके तो अब रिप्लेस होना चाहिए जो पंकज सेलेक्ट है अगर रिप्लेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये मोन हो गया लेकिन क्या सब जगह पंकज में मोन हुआ नहीं सब जगह क्या पंकज पंकज ये केवल एक जगह मोन हुआ जो सेलेक्ट था अब आपको रिप्लेस ऑल करना तो जहां जहां पंकज लिखा हुआ है वो सभी जगह पे मोनू हो जाएगा चलिए चेक करते हैं सबसे ऊपर चलते हैं क्या हो गया हेलो फ्रेंड्स माई नेम इज मोनू कुमार हेलो फ्रेंड्स माई नेम इज मोनू कुमार ये ये जहां जहां ध्यान से अगर आप चेक करते जाएं तो सब जगह मोनू हो गया यस yes, सब जगह मोनू हो गया रिप्लेस सॉल्व करने का मतलब यानी पंकज के जगह पे मोन हो गया अब वापस अब आपको मोनू मोनू के जगह पे हम पंकज कर सकते हैं क्या एक बार चेक करते हैं ओके okay, तो रिप्लेस करते हैं एक जगह यस मोनू के जगह पे पंकज हो गया आप यहां मोनू रिप्लेस सॉल्व करते हैं क्या वैसा ही होगा क्या यस yes. पंकज पंकज पंकज यस राइट सब जगह हो गया अब गो पे है दोस्तों ये आप समझ गया आपने अगर एक जगह करना तो एक जगह कर लीजिए अगर सब जगह पंकज पे करना तो सब जगह पे भी आप इसके सहायता से कर सकते हो नेक्स्ट है गो टु। गो टु में जैसे आप क्लिक करते हो तो इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसमें दो चार इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बताता हूँ किस पेज पे जाना है अगर आपके पास यहां देखिए पेज नंबर वन टू थ्री है यानी तीन पेज है तीन पेज में पेज नंबर वन पे हम खड़े हैं आगे यानी पहला नंबर पेज खुला हुआ है और टोटल पेज तीन है तो हम पेज नंबर मान लो तीसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो एंटर पेज नंबर यानी पहले तो पेज पे क्लिक करना है और यहाँ नंबर लिखना है और गोटो पे करना है तो अब आप देख लो दोस्तों ये तीसरा नंबर पेज है कैसे पता चलेगा फर्स्ट पेज एक योग्य दो और यहाँ देखिये कटिंग है ये तीसरा यानी पहला पेज ये था और सबसे जो लास्ट का पेज था ये तीसरा नंबर पेज है तो आपको ये तीसरा पेज है तो आप इसको अच्छा चलिए वापस हम फर्स्ट पेज पे आते हैं और मान लीजिए एक दो तीन चार पांच छठे नंबर लाइन पे मुझे आना है। तो इस पे क्लिक करके यहां क्या आ सकते हैं यस अब देखिये जो माउस है छठे नंबर पर ये ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये सही है बिल्कुल ये छठे नंबर पर हम ऑलरेडी आ रखे इन दोनों में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही दोनों हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी दोस्तों हम उसको भी बताते चलेंगे आपको। तो फाइंड, रिप्लेस और ये तीनों बटन का काम क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आज हमने सीखा कि होम होम मेनू के अंदर ये जितने भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो सभी का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने आपको पूरी बारीकी से बताया अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंसर्ट बटन के बारे में बताएंगे इसी तरह से पूरे एमएस वर्ड को कवर करेंगे और एक शॉर्ट बन शॉर्ट बनाएंगे और लेटर फिर बनाकर दिखाएंगे कि कैसे ऑफिस में वर्क किया जाता है अगर हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें तब तक के लिए जय हिंद